बिल्डिंग है ठीक चलिए नहीं पता नहीं हाँ हो रहा है एक्चुअली से ये ये हो रहा था देखे। देखे। है नहीं? नहीं पूरा ये चेन प्रॉब्लम की बात है नहीं